मेरे नैया में लक्ष्म न राम गंगा मैया धीरे बहो मेरे मैं गंगा मैया धीरे बहो केवट जो भगवान राम लक्ष्मण समय सीता को नाव में बैठाया तो माता गंगा से विनती कर रहा की है माँ थोड़ा अपनी रफ्तार धीरा कर लें। मेरे नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया बहू मेरे में लक्ष्मण राम गंगा मैया बहू कौन की गंगा कौन की नैया कौन की गंगा कौन की नैया कौन की गंगा कौन की कि नैया लक्ष्मण राम गंगा मैया बहो नैया लक्ष्मण राम गंगा मैया धीर बहो भागीरथ की गंगा केवट की नैया भागीरथ की गंगा भगरथ की भागीरथ की गंगा की भागीरथ की गंगा केमटकी नैया राजा दशरथ के हो दशरथ के लक्ष्मण राम गैया धीरे बह मेरे नैया लक्ष्मण राम गंग मैया वीर बह का गंगा काहे कि नैया का गंगा काहे कि नैया का गंगा काहे कि नैया नैया अरे काह की, का की लक्ष्मण राम रा, गंगा मैया धीर बरो मेर नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे मेरे नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे ब पाप हर गंगा पार कर नैया पाप हरे गंगा पार कर नैया पाप हर गंगा पार कर नैया पाप हर गंगा पार कर नैया हरे भक्तन हित लक्ष्मण रा गंगा मैया धीरे बहो मेरे नहीं रान लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो गंगा मैया धीरे बहो गंगा मैया धीरे बहो गंगा मैया धीरे बहो गंगा मैया धीरे बहो मेरे नहीं आने लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहु मेरे नहीं आचून राम गंगा मैया धीरे